उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन पर आंदोलन के कारण ट्रेन सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। आंदोलन की वजह से बिलासपुर से आने वाली ट्रेनों को लोराहा रेलवे स्टेशन पर रोका गया है और कटनी से बिलासपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रुप स्टेशन पर रोका गया है उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन परिसर में रेल प्रबंधन के विरोध में धरना जारी है जिसको लेकर विशाल जन ने रेल रोको आंदोलन का आगाज कर दिया है क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सभी लोग रेल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण आंदोलन करने पर मजबूर हैं। स्टेशन परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद है जिला प्रशासन इस पूरे आंदोलन को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी शांति और संयम से करने की जिम्मेदारों को लगातार समझाइश दी वहीं मौके पर जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और रेल पुलिस बल सहित उमरिया पुलिस विभाग ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया